सब लोग को गुड आफ्टरनून ठीक है ठेके? पिछले क्लास में हम आपको कहाँ तक समझाए थे भाई सार्क आसियान ये सब के बारे में बता रहे थे हाँ आसियान देश के बारे में समझा दिए थे आसियान देश में आगे देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको आप लोग को बोले थे आप नक्शा में देख के आएंगे लोग ताकि आपको समझने में सहूलियत हो समझाए थे ना देखिए सब लोग आ गए ना सब लोग को गुड आफ्टरनून देखिए बाबू ये वाला जो देश है ये आपका देश जो गया सुमात्रा हो गया ये कौन सा हो गया सुमात्रा सुमात्रा जो है अंडमान निकोबार के काफी करीब है यहां ज्वालामुखी ज्यादा है ज्वालामुखी के वजह से यहाँ जीपसम निकलता है ये इंडोनेशिया का इस पर अधिकार है सुमात्रा के इधर है आपका जावा ये वाला कौन सा जगह है जावा जावा जो है सुमात्र इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है द्वीप है यहाँ पे दो चीज़ याद रखेंगे राजधानी जकार्ता और बाली यहीं पर है जो टूरिस्ट के लिए इसके नीचे हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है जिसे सुंडा की खाई या जावा की खाई कहते हैं सुंडा की खाई या जावा की खाई कहते हैं ये वाला द्वीप कौन सा है बोर्नियो द्वीप इस पर तीन देश है ये समझा दिए थे आपको बोर्नियो द्वीप तक भी हम आपको समझा दिए थे आगे समझाना है आपको यहाँ देखिएगा ये भी इंडोनेशिया है इंडोनेशिया का अधिकार इस पर भी है बोर्नियो द्वीप पर इस तरह इस इधर इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा मात्रा में को इंडोनेशिया बिखरा हुआ मिलेगा लेकिन जो सबसे अजीब टाइप का इंडोनेशिया में मिलेगा नीचे देखिए इस साइड में एक जगह मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के पास तिमोर लिस्ट पढ़िए उसकी राजधानी दिल्ली लिखी होगी इस साइड में देखिए नीचे में अपने एटलस खोलेंगे इंडोनेशिया में यहाँ लिखेगा तिमोर लिस्ट इसकी राजधानी दिल्ली दिल्ली मिलेगी दिल्ली नई दिल्ली नहीं दिल्ली दिल्ली दिल्ली दिल्ली डी आई एल आई दिल्ली इसकी राजधानी क्या मिलेगी दिल्ली सब लोग लोग नक्शा में में देखिए एटलास एटलास एटलास एटलास जिनके पास नहीं नहीं है ना फिर क्या आप काम करेंगे आप का क्लास करके ही लिए होंगे तो <coughs> मिल गया सब लोग खोजिए दिल्ली राजधानी दिल्ली तिमोर लिस्ट पूर्वी तिमोर लिस्ट होगा पूर्वी तिमोरलिस्ट पूर्वी तिमोरलिस्ट मिल गया पूर्वी पूर्वी तिमोर लिस्ट मिल गया नहीं मिला जी इसपे इस चारो साल तक पुर्तगाल ने कब्जा किया था पुर्तगाल ने इस पर लगभग चार सौ साल तक इसे गुलाम बना के रखा उन्नीस सौ पैंसठ में जब पुर्तगाल इसे आजाद करके गया ना तो इसके ऊपर कब्जा कर लिया आपका इंडोनेशिया ने देखो 400 साल उसके अधीन था उसके बाद आजाद हुआ तो इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया फिर ये इंडोनेशिया से बड़ा बड़ा लड़ाई लड़ा, लड़ा इंडोनेशिया का रहा है मेरा है ये लड़ाई लड़ने के बाद इंडोनेशिया से इसे क्या किया गया स्वतंत्र किया गया 2002 के पास तो अभी इंडोनेशिया में और इसमें अच्छा रिलेशन नहीं है जनरली यही देखा जाता है जब कभी भी एक देश से टूट कोई दूसरा देश बनता है ना तो दोनों में रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं सब जनरली यही होते जा रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान खैर बांग्लादेश से तो हमारा रिलेशन अच्छा ही है तो ये तिमोर लिस्ट है तिमोर लिस्ट को अगर आप देखेंगे पूर्वी तिमोर लिस्ट नाम है इसका ये भी आसियान का ही कंट्री है ये भी कैसा होना चाहिए आसियान ही होना चाहिए क्योंकि ये भी साउथ ईस्ट एशिया में ही आता है कहाँ आता है साउथ ईस्ट एशिया में आता है यह भी कहाँ से आता है साउथ ईस्ट एशिया में आ जाता है किसी को कोई दिक्कत नहीं कहाँ आएगा साउथ ईस्ट एशिया में ये आसियान को जो है ये भी शामिल होना चाहता था आसियान के दस देशों में लेकिन इसका विरोध कर दिया किसने इंडोनेशिया ने कहा कि अगर तिमोर लिस्ट को हमारे विरोधी को शामिल करेंगे तो हम यहाँ से हट के चले जाएंगे इस वजह से तिमोर लिस्ट आसियान यानी साउथ ईस्ट एशिया में होने के बावजूद भी उसे हम लोग आसियान का जो ग्रुप है उस ग्रुप में नहीं रखें क्योंकि यह इंडोनेशिया से विवादित है रीजन क्या है भाई इंडोनेशिया बड़ा है सब लोग इसको वैल्यू देते हैं छोटा को क्या वैल्यू देता है गाँव में आप लोग भी देखे दो आदमी में झगड़ा है, है तो कहेगा समझ में आएगी नहीं हमसे जिससे आप थोड़ी ना लेते चलेंगे लेकिन यह इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा होता है तो दिल्ली जब पूछेगा क्वेश्चन में दिल्ली किसकी राजधानी है तो आप भारत मत मार दीजिएगा ये नहीं मार दे भारत आगे बढ़े दिल्ली राजधानी किसकी है दिल्ली राजधानी है तिमोर लिस्ट की इंडोनेशिया से यह स्वतंत्र हुआ आगे ये वाला देश जो है इसका नाम है फिलीपीन ये देश का नाम क्या है फिलीपीन ये द्वीपों का समूह है इसके पास भी बहुत ज़्यादा द्वीप समूह है फिलीपीन की इकोनॉमी जो है वो मुख्य रूप से किस पर डिपेंडेंट है टूरिज्म पे यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत जाते हैं लोग फिलीपीन्स में घूमने के लिए फ़िलीपीन टूरिस्ट के लिए हब है टूरिस्ट के लिए इसमें ना दो तीन चीज़ें याद रखिएगा फिलीपीन का दो कई आइलैंड है इसके पास लेकिन दो आइलैंड बहुत महत्वपूर्ण है सबसे ऊपर वाला जो आइलैंड है इसका नाम है मनीला सॉरी लुजोन आइलैंड इसका नाम क्या है लुजोन यहाँ इसकी राजधानी है मनीला फिलीपीन का जो ऊपरी आइलैंड है फिलीपीन के ऊपरी आइलैंड देखिए फिलीपीन नक्शा में नहीं मिला आप लोग को कल ही बोले थे देख के रखना आप लोग एटलास है ना सबके पास पीडीएफ नहीं खुल रहा है बाबू बाबू भाव हम पूरे रिपब्लिक डे कल है ताइवान का रिपब्लिक डे दस तारीख को मिल गया ना सब लोग को ताइवान अभी पढ़ाएंगे यहां है दस तारीख को ये हो गया आपका ये यहां देखेंगे ये फिलीपीन का ऊपरी द्वीप का नाम है लुजोन और नीचे वाले द्वीप का नाम है मिंडनाओ इसका नाम क्या है मिंडनाओ मिंडनाओ कह मिंडनाओ नहीं भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वाला आइलैंड का नाम है लुजोन इस लुजोन द्वीप पर इसकी राजधानी है जिसका नाम है मनीला फिलीपीन की राजधानी बोलिए तो मनीला है फिलीपीन की राजधानी क्या है मनीला फिलीपीन की राजधानी मनीला है कहेगा कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो जहाँ कहेगा कि चावल अनुसंधान केंद्र तो आप मनीला मार देंगे तो गलत हो जाएगा चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहेगा वो पूरे इंटरनेशनल जो जो आपका राइस रिसर्च सेंटर जो है चावल अनुसंधान केंद्र वो है मनीला में लेकिन अगर केवल कहता है चावल अनुसंधान केंद्र तो उड़ीसा का क्या होगा कटक होगा मनीला किसकी राजधानी है तो मनीला राजधानी है फिलिपीन की दो राजधानियाँ अक्सर पूछता है ये कहकर पूछता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस आइलैंड पर है तो जावा आइलैंड पर और ये पूछेगा कि फिलिपीन की राजधानी मनीला किस आइलैंड पर है तो ऊपर वाले मिंड नाव लुजोन द्वीप पर लुजोन आइलैंड पर इसकी राजधानी मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक है मनीला में कौन सा बैंक है एशियाई विकास बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक है जब देशों को बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है करोड़ों करोड़ों को तो उसकी जरूर उसके लिए कहाँ कहाँ से लाया जाता है पैसा एशियाई डेवलपमेंट बैंक से किसी को कोई दिक्कत नहीं है एशियन डेवलपमेंट बैंक आगे बढ़ें यह हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक अब ये ये नीचे वाला ये तो है सब एक और क्वेश्चन पूछेगा आपका इस द्वीप जो है मिंडनाओ इसके नीचे एक बहुत गहरा खाई है इसका नाम है मरियाना की खाई फिलीपीन के किस साइड में है ईस्ट साइड में पूरब साइड में हालांकि साउथ और ईस्ट में तो ये पूरब साइड में है जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच मरीना ट्रेंच जो है इसकी गहराई ग्यारह है लगभग 11 लगभग 11 किलोमीटर गहरा है तो दुनिया की सबसे गहरी खाई जो है वो मरीना की खाई है मरिया की खाई प्रशांत महासागर में इधर वाला सागर जो है प्रशांत महासागर है जबकि ये वाला जो सागर है वो हिंद महासागर है तो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई पूरी दुनिया की सबसे गहरी खाई मरीना की खाई मरियाना की खाई में भी जो सबसे निचला भाग है उसका नाम है चैलेंजर जो सबसे निचला भाग है उसका नाम क्या है चैलेंजर जैसे जो मरियाना की खाई है वो उसका सेप अगर देखेंगे तो इस शेप में है मरियाना की खाई ये पूरा का नाम है मरियाना खाई और इसमें भी जो सबसे नीचे है उसका नाम है चैलेंजर गर्त चैलेंजर डीप नाम है तो ये फिलीपीन के किस डायरेक्शन में है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मरियाना की जो खाई है वो फिलीपीन के ईस्ट साइड में है मरियाना की खाई फिलीपीन के पूरब में है मरियाना की खाई कहाँ है फिलीपीन के पूरब साइड में किसी को कोई दिक्कत नहीं है हमें आगे बढ़ जाए फिलीपीन से दो ही तीन क्वेश्चन पूछेंगे ज्यादा नहीं फिलीपीन का ऊपरी द्वीप का नाम है लुजोन द्वीप लुजोन द्वीप पर उसकी राजधानी मनीला है मनीला से दो क्वेश्चन आएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल और एशियाई विकास बैंक पूरब साइड में आपका मरिया की खाई है ये दस देश को मिला देंगे तो ये हो जाता है आपका आसियान देश आसियान में टोटल देश दस आते हैं लेकिन एक तिमोर लिस्ट है जिसको आपको अलग से पढ़ना है उसे इंडोनेशिया के विरोध के कारण उसे भारत में सॉरी आसियान में शामिल नहीं किया जा सका किसी कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़े चैलेंजर उसी का हिस्सा मैप में फिजिकल मैप मैप में मिलेगा। मैप में मिलेगा फिजिकल जब समुद्र पढ़ाएंगे ना तो आपको फिजिकल मैप में दिखाएंगे अभी, ये मैप है। अभी कौन सा मैप है हैल मैप है आगे देखिए इसमें अब आपको आसियान देश पूछेंगे तो तो दसों बता देंगे कौन कौन है म्यांमार थाईलैंड लावोस कंबोडिया, वियतनाम म्यांमार थाईलैंड लावोस कंबोडिया, वियतनाम किसी को कोई दिक्कत नहीं नीचे में अगर देखेंगे तो मलेशिया सिंगापुर बुर्नई इंडोनेशिया फिलीपीन इंडोनेशिया के विरोध के कारण हम लोग तिमोर लिस्ट को शामिल नहीं कर पाए हैं तिमोर लिस्ट आसियान में नहीं आता है इंडोनेशिया इस पर विरोध जताता है आगे अब बढ़ते हैं लोग चाइना की तरफ में ये देश समझ में आगे आप लोग को एशिया का नक्शा खोलते हैं अब थोड़ा फिलीपीन चाइना की ओर देखते हैं लोग, फिलिपीन देख लिए हैं, ताइवान की ओर देखते हैं आप लोग का हैं। लो लो। जैसे हो जाएगा तो बता देंगे संभवत को हो जाना चाहिए यह हो गया आपका चीन एशिया का मरीज कहा जाता था किस को चीन को एशिया का मरीज किसे कहा जाता है चीन को उस वक्त कहा जाता था क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी इसलिए इसे एशिया का मरीज कहा जाता था सचुरा एशिया का डॉक्टर हो गया एशिया का क्या हो गया डॉक्टर हो गया क्या? चीन के बारे में, अगर आप देखेंगे, तो विविधताएं चीन के बारे में बहुत ज्यादा है क्वेश्चन जो आते हैं सब चीन के बारे में वो भी आप लोग को ध्यान से देखते रहना है ये आसियान देश है और ये आपका सार्क देश है चाइना जो है ना वो ईस्ट एशिया में आता है किधर आता है ईस्ट एशिया पूर्वी एशिया में आता है चाइना चाइना की जो, जो जोग्राफी है वो अच्छी नहीं है चाइना के हिसाब से चाइना में केवल बढ़िया सा जो जगह है वो जगह ये है चाइना का ये खोपड़ी चाइना की इस खोपड़ी को हम मंचूरिया कहते हैं इसे क्या कहते हैं मंचूरिया यहाँ का मुख्य भोजन मंचूरियन है जिसे आप लोग खाते हैं लोग पकौड़ी टाइप का रहते हैं मंचूरियन तो चाइना का ऊपरी भाग मंचूरिया है जो ये अच्छा एरिया है पठार, मतलब बराबर का बराबर एरिया है ये है मंचूरिया चाइना का इधर का एरिया ये देखेंगे ये वाला एरिया तो इसे कहते हैं सिंजियांग ये क्या है सिंजियांग प्रांत है ये बहुत ही बदनाम प्रांत है चाइना का सिंजियांग यहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं इन मुसलमानों को यूगर मुसलमान कहा जाता है क्योंकि ये उगर प्रांत है सिंजियांग में जो मुसलमान रहते हैं उन्हें ऊगर कहा जाता है यूगर उग, मुसलमान यूगर मुसलमान यूगर कहा जाता उगर है उन्हें ऊगर मुसलमान ये यूगर चाइनीज भाषा है थोड़ा आउटपटांग लगता है जैसे हम लोग के यहाँ का बिहार के रहने वाले को बिहारी बोला जाता है महाराष्ट्र के रहने वाले को मराठी बोला जाता है उसी तरह यहाँ ऊगर मुसलमान रहते हैं चाइना इन मुसलमानों पर इतना अत्याचार करता है जिसका कोई हद नहीं यहाँ के मुसलमान महिलाओं को ना बुरका पहनने नहीं देता है नकाब पहनने नहीं देता है। कहता है स्कर्ट पहनने तो जेल चल जाएगी यहाँ के मुसलमानों को दाढ़ी रखने नहीं देता है कुरान जो होता है ना कुरान जो धार्मिक किताब है मुसलमानों की उस कुरान को वो छाँट छूट के कहता है अगर हर चीज़ पढ़ो इसमें हर चीज़ मत पढ़ो चाइना पूरी दुनिया का कुरान एक जैसा है चाहे वो इंडिया से खरीदिए पाकिस्तान से खरीदिए कहीं से खरीदिए पूरी दुनिया का कुरान एक जैसा मिलेगा लेकिन चाइना में थोड़ा सा अलग मिलेगा अभी क्या है कि पूरे देश मिलकर लगभग 22 देश मिलकर इन उगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को उजागर करने के लिए क्या किया था इंटरनेशनल कोर्ट में क्लेम किया यू में क्लेम किया तो पाकिस्तान चाइना को बचाने चलाया ये इस बात को दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो केवल मुसलमानों का ढोंग पीटते रहता है चाइना में जरा बोले ना यहाँ पर तो उनको समझ में आ जाएगा यहाँ पर भारत में कुछ भी हो जाएगा तुरंत बोल देगा कि भारत में ये हो रहा है भारत में भारत में जो सी ए का, का कानून आया था एन आर सी तो अभी आया नहीं आएगा आगे बढ़ा दिए हैं पॉलिटी में एनआरसी कुछ नहीं है बस आडंबर बचाया गया उसको तो पाकिस्तान बोलने लगा अरे साले तुम्हें पाकिस्तानों को मुसलमानों की टेंशन है तो यहाँ बोलो ना यहाँ उघारे घुमा रहा है महिलाओं को यहाँ पर तब तुमको समझ में नहीं आएगा बोलो उठ के चढ़ के मार देगा शांत हो जाएंगे लोग तो ये उगर समस्या है तो चाइना की एक ये भी समस्या बहुत भयानक है उसके बाद अगर देखेंगे तो चाइना ने ये नीचे का जो एरिया है इसे चाइना ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया ये तिब्बत का एरिया है चाइना का ये एरिया किसका है तिब्बत का एरिया है तिब्बत को 1959 में चाइना ने कब्जा कर लिया 60 में एक कम करेंगे तो उनसठ होता है 1959 में चाइना ने किसे कब्जा कर लिया तिब्बत को कब्जा कर लिया तिब्बत के धर्म गुरु भाग के आए भारत में जिनका नाम दलाई लामा वो हिमाचल प्रदेश में अपना धर्मशाला में अपना वो अड्डा बनाए हुए हैं मतलब वहां पर उनका मठ वगैरह है तो ये तिब्बत है तो चाइना का ये वाला एरिया कौन सा है तिब्बत है तिब्बत को चाइना ने क्या कर लिया कब्जा कर लिया हो गया कितना गंदा देश है चाइना ज्वालाजीत सिंह अभी देखते चलिए चाइना चाइना ने किसे कब्जा कर लिया 1959 में इसे तिब्बत को कब्जा कर लिया तिब्बत के धर्म गुरु भारत में आए बचाने के लिए तो भारत ने उन्हें शरण दिया भारत शरण दे दिया जिस वजह से चीन ने भारत पर भी हमला कर दिया और उसने अक्साई चीन को ले लिया ये अक्साई चीन जो लद्दाख का एरिया है ना इसको भारत से कब्जा कर लिया वो कब कव कब्जा किया तो भारत से अक्साई चीन कब्जा किया उन्नीस में नाइनटीन में फिफ्टी में तिब्बत को कब्जा कर लिया तिब्बती धर्मगुरु कहाँ हैं भारत में तो तिब्बत के बाद किसे कब्जा कर लिया उसने चीन को साथ में वो अरुणाचल प्रदेश जो नीचे का एरिया है उसे कहता है कि ये ये दक्षिणी तिब्बत है क्या कहता है दक्षिणी तिब्बत है और चीन के जो पहले राष्ट्रपति थे जो उसे चीन का निर्माता कहा जाता है जिनका नाम था माओ क्या नाम था माओ से तुंग माओ उन्होंने फो फिंगर सिद्धांत दिया था कहा था कि तिब्बत जो है ना वो हथेली है तिब्बत क्या है हथेली है और इस हथेली की पांच उंगलियां हैं इस हथेली की कितनी उंगलियां हैं पांच उंगलियां हैं एक है लद्दाख जिसे उसने कब्जा कर लिया एक है लद्दाख जिसे उसने कब्जा कर लिया यहाँ देखेंगे तो नेपाल है भूटान है सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है ये सब को कहता है कि वो तिब्बत है सबसे पांच उंगलिया में एक लद्दाख को कब्जा कर लिया दो नंबर पे कहता है कि नेपाल भी मेरा ही अभी नेपाल को समझ में नहीं रहा ओली कोएं कोएँ करेंगे जब कब्जा हो जाएगा उसके बाद कहता है सिक्किम भी मेरा ही है फिर कहता है भूटान भी मेरा ही है तिब्बत ये अरुणाचल प्रदेश भी इन्हीं का है सब इनके बापे का है एक्चुअली क्या है कि एशिया में कोई भी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री उतना तगड़ा होता ही नहीं है जो चाइना को जवाब दे सके अनपढ़ लोग से कितना कुछ होने वाला है ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी कोई दिक्कत है आगे बढ़ें। ये वाला एरिया कौन सा हो गया तिब्बत हो हो हो गया ये ये हो गया हो गया और एरिया सिंजियांग सिंजियांग कौन सा अब आगे बढ़ते हैं तिब्बत को कब कब्जा किया था 1959 में तिब्बत के धर्म गुरु का नाम दलाई लामा 1959 नाइन में कब्जा कर लिया था अब तिब्बत चाइना का इस साइड का एरिया चलते हैं चाइना में इस साइड में चाइना का ये जो एरिया ना ये वाला एरिया इसे हम लोग कहते हैं हान चाइना चाइना का ये एरिया क्या कहलाता है हान चाइना ध्यान से समझते चलेंगे कौन सा चाइना ये हान चाइना कहलाता है हान चाइना चाइना का मुख्य चाइना माना जाता है चाइना के यही के लोगों का डेवलपमेंट है बाकी चाइना में कहीं भी आपको डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा चाइना में जो आप ब्रिज देखते हैं रेलवे स्टेशन देखते हैं बुलेट ट्रेन देखते हैं वो मुख्य रूप से यहीं पर है तिब्बत में तो बस सेना रहती है क्योंकि तिब्बत को इसने तो ज़बरदस्ती कब्जा किया है कभी भी वहाँ विद्रोह हो सकता है तो ये है हान चाइना हान चाइना के लोग कहते हैं कि असली चाइनीज हम ही लोग हैं और रियल में यही लोग हैं जो मंडारीन भाषा को बोलते हैं हान चाइना के लोगों की भाषा क्या है मंडारीन भाषा तो यहीं पर चीन की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है यहां तो लोग बहुत कम रहते हैं तिब्बत में पहाड़े भरा है सेना रहती है तुर्की भी नहीं तुर्कस्तान या उगर मुसलमान याजियांग वाला, वाला एरिया है सिंजियांग हो गया यह कौन सा हो गया ऊपर वाला ऊपर वाला हो गया मंचूरिया ये मंचूरिया का जो एरिया है यहीं पर मंगोल वगैरह थे सब पहले ये यहां पर खेती वगैरह अच्छी होती है हान चाइना में भी खेती बहुत अच्छी होती है रियल में हाइन हान चाइना अच्छा है भी है हान चाइना अच्छा है अब बाकी बचेंगे अगर यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है यहाँ देख रहे हैं ये गोबी का मरुस्थल है पूरा का पूरा क्या है मरुस्थल फैला हुआ है गोबी मरुस्थल मंगोलिया में भी है और चाइना में भी है तो ये यहाँ पर मरुस्थल है जिसका नाम है गोभी का मरुस्थल कौन मरुस्थल गोभी का मरुस्थल अब यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता ये मरुस्थली भाग है यहाँ पर गोभी मरुस्थल उगर का जो एरिया है यानी सिंझियांग पूरी तरह से पहाड़ तिब्बत का पूरी तरह से पहाड़ है बीच का एरिया मरुस्थल है यानी चाइना के टोटल एरिया में जो मेन रहने वाला एरिया अच्छा एरिया है वो केवल 30% है बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फालतू के दिए गए हैं उसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें उसमें नहीं हैं फालतू की चीज़ें ज़्यादा दी गई हैं आगे बढ़ जाएँ किसी कोई दिक्कत नहीं है देखिए आगे समझते हैं हम लोग ये वाला जो एरिया है ये ये कौन सा हो गया हान चाइना हो गया यहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट है इधर जो डेवलपमेंट था हम आपको बता दिए कोई डेवलपमेंट नहीं तिब्बत की राजधानी लहासा है जिसे उसने कब्जा कर लिया है ये तिब्बत है ये सिंजियांग है ये गोबी का मरुस्थल है ये मंचूरिया है मंचूरिया मैदानी क्षेत्र था मंगोल ये गोभी का मरुआ है ये सिं उगर मुसलमानों के लिए और ये क्या चीज़ है पहाड़ी क्षेत्र तिब्बत यहाँ से बौद्ध लोगों को भगा दिया यहाँ से और पर अभी उसकी मेन रूप से सेना रहती है इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई पीडीएफ में प्रॉब्लम है मानते हैं इस चीज को अभी आप पीडीएफ सही नहीं हो पाए रहा अभी नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है सुजीत कुमार बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है भाई नरेंद्र मोदी का एक दो का स्टेटमेंट पढ़िएगा मीडिया में बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं टेंथ तक पढ़ाई किया उसके बाद पूजे पाठ में लग गया मैं खुद नरेंद्र मोदी बोले अ 2019 में वो एम का सर्टिफिकेट दिखा दिए पता नहीं कैसे खैर आगे देखिए पढ़ा लिखे का मतलब क्या डिग्री वगैरह नहीं ना होना चाहिए भाई पढ़ा लिखा का मतलब होता है कि भाई आपको एग्रेसिव होने का मतलब है मोदी जी कितने खतरनाक प्रधानमंत्री हैं सुनिए ना आप सुनेंगे तो देखते चलिए चीन का एक राज्य था चीन चीन में दो पार्टियां थी चीन का ये वाला एरिया है है है है है आपका ताइवान ये एक देश है। ताइवान एक स्वतंत्र स्वतंत्र देश देश देश क्या चीन चीन कहता है कि जो भी देश चीन से रिलेशन रखना चाहता है उसे ये मानना पड़ेगा कि हम इस ताइवान को देश नहीं मानते हैं ये चीन का एक हिस्सा है ये हर एक देश के प्रधानमंत्री को मानना पड़ता है जब वो वहां जा, जाते हैं नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्वीकार किया है और नरेंद्र मोदी तो न, हद तब पार किया जब तिब्बत की प्रधानमंत्री सॉरी ताइवान की प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहा और नरेंद्र मोदी ने चीन के कहने पर या चीन के दबाव में आकर एक बार रिप्लाई तक नहीं किया समझा गया ये बात हम यूट्यूब पर बोलेंगे ना तो मोदी जी के बहुत भक्त तो बैठल है यूट्यूब पर कमेंटो में करने लगा तो धेर जानता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है ट्विटर तो छुपा हुआ नहीं है आप मोदी जी के ट्विटर हैंडल को जाके देखिए और ताइवान की जो थी वो प्रेसिडेंट वहाँ पे उनके ट्विटर को देखिए मोदी जी को रिप्लाई किए थे मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा हैप्पी बर्थडे टू यू और यहाँ पर थोड़े ऐसा थोड़ी है कि भाई अमेरिका में कुछ हो जाए कहीं भी कोई जानबूझ के थे उनको ऐसा नहीं पता नहीं था लेकिन चीन का दबाव था ये होता है उसे ये पता है कि ताइवान उसका है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे नेहरू हो चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो चीन से जाके ये नहीं कह सकते हैं कि तुम भी साइन करके दो कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है और अक्साई चीन भारत का है तभी हम व्यापार करेंगे वो सलाह लिखवा लेता है और हमारे प्रधानमंत्री लिख देते हैं लेकिन क्या कीजिएगा हमारे यहाँ जो होती है ना कुछ भी मत पूछिए भाई आप प्रधानमंत्री के साथ खिलाफ बोल कैसे दिए साला तुम एंटी नेशनल कहीं का गोली मार देंगे थोड़ा तुम प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे बोला आप बताइए तो आपको कोई बर्थडे बोलेगा और किसी देश का प्रधानमंत्री अगर आपको बर्थडे विश कर रहा है और आप भी प्रधानमंत्री हैं जबकि ये वही देश है ताइवान ना जिसने कोरोना में सबको फ्री में मास्क बांटा था यही वो पहला देश है जिसने नवम्बर में ही कह दिया था कि चाइना कोरोना फैला रहा है नवम्बर में ही जबकि दुनिया को पता चला कोरोना के बारे में जनवरी में दुनिया को तो जनवरी में पता चला वो भी 31 दिसंबर को चाइना ने बोला इसलिए कोविड 19 नाम रखा गया 2019 हजार के आखिरी दिन पता चला वो नवंबर में बोल दिया वैसे देश के प्रधानमंत्री लोग को हम लोग विश नहीं कर रहे हैं गजब हाल है भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी रुक रुक के चल रहा है चलिए ध्यान से देखिए ये वाला एरिया कौन सा है देखिए ये वाला एरिया ताइवान है ताइवान के बारे में आगे बताएंगे अभी चाइना के बारे में दिमाग में ओवरव्यू आइडिया आ गया उधर का एरिया क्या है चाइना का मंगोलिया वो एरिया क्या है मंगोलिया ये वाला एरिया क्या है गोभी मरुस्थल ये हान चाइना है ये सिंजियांग है चाइना इतना समझ में आ गया अब चाइना के शहरों के बारे में बताएँ कहाँ कौन सा शहर है ये तो एरिया वाइज हो गया यहाँ पर चाइना से अगर कहेंगे मुख्य रूप से चाइना किसे कहा जाता है तो हान वाले एरिया को क्या कहा जाता है हान चाइना यहाँ के लोगों की भाषा मंडारीन है ये इसको मिटा देते हैं ये दिमाग में अपने आइडिया रखे रहेंगे लोग इसको समझ आगे कौन सा है सिंजियांग है कौन सा है सिंजियांग उस साइड में इधर तिब्बत है कब्जा कर लिया था तिब्बत को यहाँ पर चाइना में दो तीन शहर ध्यान से देखेंगे चाइना का यह तिब्बत का शहर है लहासा तिब्बत का राजधानी क्या है लहासा तिब्बत की राजधानी लहासा तिब्बत के लोगों को भगा दिया तो तिब्बत के लोग बिहार में आ गए बिहार में आज भी पटना में एक मार्केट लगता है जिस मार्केट का नाम है लहासा मार्केट मार्केट का नाम क्या है लहासा मार्केट आगे बढ़े किसी कोई दिक्कत नहीं तिब्बत चीन का राजधानी जो है वो बीजिंग है आप देखेंगे मंचूरिया के ठीक नीचे मिलेगा बीजिंग नक्शा में देखें मंचूरिया के ठीक नीचे मिलेगा चीन की राजधानी बीजिंग चीन की राजधानी क्या है बीजिंग है पहले नाम था पेकिंग चीन की राजधानी क्या है बीजिंग नक्शा नहीं है आप लोग के पास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बता रहे हैं सर चाइना से किस बात का डर है चाइना से बात इस बात का डर है कि हमारी सरकार गिर जाएगी समझ आगे और किसी बात का डर नहीं है किसी भी नेता के लिए हम आपको प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं गाँव के मुखिया से लेके जो सबसे छोटा होता है ना गाँव का मुखिया उससे भी नीचे वार्ड मेंबर जो होता है वार्ड सदस्य वहां से लेके और प्रधानमंत्री की सबसे बह पहली सोच होती है कि हमारी पार्टी या हम सरकार में बने रहें उनका हरेक सवाल पहले ये डिपेंड करता है कि हमारी सरकार बनी रहेगी कि नहीं यही सबसे बड़ी समस्या है वरना चाइना से क्या दिक्कत है भैया हम बिजनेसें छोड़ देंगे चाइना का उसका आधा फैक्ट्री बंद हो जाएगा चाइना में जितनी कंपनियां गई हैं चाइना में वो लोग जाके सत्रह परसेंट टैक्स देती हैं लोग अट्ठारह परसेंट टैक्स देते हैं हम अपने संसद में संशोधन कर देंगे कि जो भी चाइनीज कंपनियां हैं स्पेशली जो चाइना से भारत में आएंगी उन कंपनियों पर हम दो टैक्स लेंगे इक् परसेंट टैक्स नहीं लेंगे मत टैक्स वैसे भी वो चाइना में है तो कौन सा टैक्स दे रही हैं यहां आने तो टैक्स दो टैक्स नहीं भी दोगे तो कंपनियां आ जाएंगी तो रोजगार तो मिलेगा मोदी जी मोदी जी को लोग मोदी जी को सबसे ज्यादा लोग घेरना है तो रोजगार पर घेर हैं क्योंकि तो तो आप। आप मोदी जी रोजगार छीन रहे कल को वो नहीं ना कहेंगे आपको पता है चाइना में दो हजार तीन की घटना थी वहां जनसंख्या से ज्यादा रोजगार हो गया था मतलब जितने लोग थे उससे ज्यादा रोजगार हो गया था विदेश से मंगाना पड़ा था वहां पर काम करने वाले को ये हाल हो गया था वहां एक समय ऐसा था वहां पर अभी तो कोरोना के वजह से हर में दिक्कत हो गया तो ये वाला एरिया कौन सा भैया बीजिंग है चाइना की राजधानी क्या है बीजिंग अब समुद्र के किनारे देखेंगे तो चाइना यहाँ एक संघाई मिलेगा नक्शा में देखिए फटाफट आप लोग एटलस में देखिए संघाई सम... चाइना का सबसे बड़ा शहर है शंघाई जिस तरह से भारत के लिए समुद्र के किनारे मुंबई है उसी तरह चाइना का सबसे बड़ा शहर कौन सा है शंघाई है चाइना का सबसे बड़ा शहर शंघाई लहाशा नहीं मिल रहा है सर लहासा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर देखिएगा मिल जाएगा यहाँ पर भूटान के जस्ट ऊपर लहासा मिलेगा भूटान के जस्ट ऊपर लहासा मिलेगा यहां पर क्या है बीजिंग है और ये समुन्द्र के किनारे संघाई देखिए समुद्र के किनारे शंघाई चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है चीन का सबसे बड़ा शहर क्या है संघाई इंडिया में तिब्बत के एम्बेसडर है क्या नहीं है? तिब्बत के अम्बेसडर नहीं हैं आगे बढ़े। बेचारे ताइवान का तो एम्बेसडर ही नहीं रखे हम लोग चिल्लाते रह गया ताइवान चाइना के दबाव में आके आगे बढ़े। चाइना का सबसे बड़ा शहर का नाम है शंघाई उसकी राजधानी बीजिंग ये इधर रख लिया है तिब्बत तिब्बत जो है वो पठारी एरिया है दुनिया का छत कहते हैं क्योंकि पूरी तरह से पहाड़ से एरिया है अभी हम पहाड़ बाद में बताएँगे यहाँ नीचे में देखेंगे तो यहाँ दो टो शहर मिलेगा एक हॉन्गकॉन्ग एक मकाऊ नीचे में देखिए हांगकांग मकाऊ और हेनान तीन ठो हांगकांग मकाऊ और हेनान तीन ठो लाइन से मिलेंगे सर हांगकांग मकाऊ और हेनान हांगकांग मकाऊ और हेनान जल्दी देखेंगे आप लोग हांगकॉन्ग मकाऊ और हेनान हांगकांग मकाऊ और हेनान हांगकांग मकाऊ और हेनान मिल गया फटाफट देखेंगे हांगकांग मकाऊ और हेनान मिल गया हान चाइना नहीं मिल रहा लिखेगा नहीं ना बाबू चाइना वो आईडिया आए से लगाना पड़ता है ये हान चाइना हान चाइना में ही बीच में है वुहान ये वुहान से फैला था कोरोना छोटा पूरा इंडिया को चौपट कर दिया पूरा दुनिया चौपट किया इंडिया को कौन सी वुहान में यहां था वुहान हो गया यहां कौन सा मिलेगा हांगकॉन्ग हांगकॉन्ग के नीचे मकाऊ उसके नीचे हैनान हांगकॉन्ग पर पड़े ब्रिटेन का कब्जा था क्योंकि ब्रिटेन यहां से अफीम बेचता था चाइना के लोगों को जानबूझ के अफीम बेचता था क्योंकि अफीम को उसे फायदा होता था भारत में भारत के लोगों को मार मार के अफीम बोवाता था और यहां ले जा यहां के लोगों को अफीम बेचता था हांगकॉन्ग लेकिन हांगकॉन्ग को उन्नीस में चाइना ने अपने कब्जा में ले लिया अपने तो कब्जा में ले लिया हांगकॉन्ग को लेकिन हांगकॉन्ग के लोगों के लिए उसने वादा किया था इंग्लैंड से कि पचास साल तक इसके मतलब किसी भी व्यवस्था में चेंजिंग नहीं करेंगे पचास साल तक चेंजिंग लेकिन वो चाइना 2020 में ही उसमें चेंजिंग करने लग रहा है 20 साल में इसलिए वहां विरोध हो रहा है जब हांगकांग पर चाइना ने कब्जा किया तो हांगकांग बहुत ही डेवलप्ड एरिया था हांगकांग की सारी कंपनियों को लग गया कि चाइना हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा इसलिए यहां से कंपनियां लगी भागने के लिए तो इसी बीच फायदा उठा लिया यहां UAE। UAE एक देश है यह हांगकांग की सारी कंपनियों को कहा कि आप हमारे यहां आ जाइए तो वहां की सारी कंपनियां हांगकांग छोड़कर कहां चली गई यूएई चली गई आज दुबई देखिए कितना डेवलप है दुबई के दुबई के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है जबकि हांगकांग में जब यहां पे चाइना का कब्जा नहीं था जब ये ब्रिटेन का था तो हॉन्ग दुबई किसी काम का नहीं था दुबई में कोई डेवलपमेंट था लेकिन आज दुबई देखिए कितना बेहतरीन है और हम हिंदुस्तान वालों को देखिए हम लोग उनको लिए अंडमान निकोबार नहीं दे सकते थे खाली ना था यहाँ अभी विशाखापट्नम ले आ देते चेन नहीं ले आ देते कहीं पर भी ले आ देते तो उन लोग के लिए तो ज़्यादा फायदा था लेकिन वो कहाँ चले गए लोग हॉन्ग चले गए लोग और इतना बढ़िया मौका कमा दिए हम लोग अभी भी कोरोना के बीच में हम लोग ऑफर नहीं दे रहे हैं सीधा ऑफर दे दीजिए जीरो एस टी आ जाइए इंडिया में तो हांगकांग पहले किसका था ब्रिटेन का अभी किसका हो गया है चाइना का हो गया है चाइना का हो गया है इस पर पहले कब्जा किसका था मकाऊ का था मकाऊ जो है वहाँ पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था पुर्तगाल से वहाँ पर आज़ाद करके पुर्तगाल से इसे किसका हिस्सा बन गया है अभी ये चीन का तो ये रियल में ही चीन का है अभी हांगकांग भी उसी का है और इसका भी है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो तुम इधर उधर उल्टा सीधा कब्ज़ा कर लिया हो इसके लिए दिक्कत है तो हांगकॉन्ग अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलप है हांगकॉन्ग में दो तरह का नियम लगता है एक ब्रिटेन का नियम वो इसी सब पे आजाद किया था कि 50 साल तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे और ये एक मकाऊ है इस पर पुर्तगाल का अधिकार था उसके नीचे हेनान है हेनान तो ओरिजिनली चाइना का है ही है हेनान हैनान जो है चाइना की नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा है हैनान कल भी बताए थे हैनान के बारे में तो चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा हैनान मकाऊ जो है वो पुर्तगाल का था वर्तमान में किसका हो गया है वो चीन का हो गया है हांगकॉन्ग जो है वो ब्रिटेन का था अभी चीन का हो गया मकाऊ में दुनिया में एशिया में सबसे ज़्यादा जुआ का अड्डा कैसीनो डिस्को बार ये सब कहाँ पे है सब मकाऊ में स्थित है सब तो ये आप शहर के बारे में देख लिए चाइना के ये मेन मेन शहर थे सब सबसे बड़ा शहर शंघाई राजधानी बीजिंग तिब्बत यहाँ पर है है हांगकॉन्ग चाइना ने ले लिया किससे ब्रिटेन से और मकाऊ किससे ले लिया पुर्तगाल से होना उसकी नौसेना का अड्डा है अब थोड़ा सा पहाड़ी एरिया देखते हैं उसके बाद पहाड़ के बाद नदियां देखेंगे लो किसी को दिक्कत नहीं ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का है बता रहे हैं सर मैप में पैंतीसवा एडिशन मिल रहा है आप नक्शा देख लीजिएगा कोई भी मिल रहा होगा और वो अगर अच्छा दिख रहा होगा तो ले लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट बैच में हम खुद का एटलस बनवाएंगे तब तो वो देंगे आपको ठीक है आगे देखते हैं देखिए यहां पर एक पहाड़ है यह पहाड़ का नाम है यहां पर कुल्लुन पहाड़ का नाम क्या है कुल्लुनसान आगे पढ़ाएंगे घर पहाड़ इसमें नहीं पढ़ेंगे पहाड़ अलग से पढ़ेंगे चाइना का जो ग्रेट वाल ऑफ चाइना है वो यहां से जाता था यह है ग्रेट वाल ऑफ चाइना यह चाइना की दीवार है यहां से यहां तक जाती थी अब इधर मुख्य रूप से चाइना था उस समय अभी भारत वालों को बोलना चाहिए कि भाई इसकी इधर तो सब भारत का है ये वाला एरिया सब क्या है भारत का है देखिए चाइना जो है ना वो बहुत समझदारी से कब्जा करते जा रहा है तो इस समझदारी से बचने के लिए एक ही उपाय है उल्टा सीधा ऐसा काम कीजिए कि जब कोई देश दूसरे देश के क्षेत्र को अपना बनना है तो पूरी दुनिया में इसका मजाक बन जाए इस चाइना की नीति को सोची समझी नीति को एक मजाक बना के रख दीजिए भारत सरकार को भी कहना चाहिए तुरंत कह देना चाहिए कि भाई दक्षिण पुराना नक्शा के हिसाब से अगर दक्षिणी चीन सागर अगर चीन का है तो पुराना नक्शा के हिसाब से चीन इ, इसके इधर का एरिया चीन का नहीं है नक्शा के हिसाब से ये भी देखिए ना अब बाबा आदम के ज़माने का नक्शा बना रहे हैं जो यहाँ पे उल्टा सीजन डिसीजन लेंगे पूरी दुनिया में लगेगा मजाक बन जाएगा ये सब समझ आएगा लेकिन जब जब विरोध करेंगे चाइना का उतना चाइना शक्तिशाली हो जाएगा ये एक पॉलिसी होती है पढ़ाने की तो आप चाइना को विरोध करके कभी नहीं हरा सकते हैं जैसे चाइना कहेगा ना चाइना कहेगा कि ये दक्षिणी चीन सागर मेरा है और आप कहेंगे तुम्हारा नहीं है तो उस चाइना उसको जानना चाहता है कि इसको हम कहेंगे है तो लोग कहेंगे नहीं तो जैसे हाँ ना हाँ ना कह के विवाद हो जाएगा विवाद में वही जीतता है जो शक्तिशाली होता है तो चाइना को पता है कि बस विवाद पैदा करो जीत तो हम ही जाएंगे क्योंकि शक्तिशाली है तो भैया विवाद पैदे मत होने देगा चाइना कहता है कि ये मेरा है तो भारत को कहना चाहिए फिलीपींस आगर मेरा है ले अब विवादे पैदा नहीं होगा मजाक बन जाएगा यहाँ पर फिलीपींस आगर मेरा है भारत को लोग कहेंगे यहाँ से यहाँ तुम्हारा कैसे हो गया तो कहे जैसे चाइना का हो गया वहाँ पर हमेशा ना जब जब कभी आप इसे अपनी जिंदगी में भी अपनाइएगा कि अगर आप कोई आदमी गलत बोल रहा है अगर आप सोचेंगे उसको काटें तो नहीं काट पाएगा अगर वो थेथर है तो जी बात में काट देगा ये चीज यही चीज गवर्नमेंट इंडिया में भी लागू कर दी है गवर्नमेंट जो है चुनाव जीतने के लिए अपने इंडिया में लागू कर दी है जी भाड़ में गया लेकिन अगर न्यूज चैनल पर आप कभी भी कह देंगे सरकार का कोई भी व्यक्ति आप नहीं देखेंगे कि आके इस बात को स्वीकार कर रहा हो कि जी गड़बड़ है वो यही चाहता है चाइना की नीति पर आके मीडिया में आके कि जी विवाद हो जाए अब विवाद हो जाएगा तो सरकार के प्रवक्ता इतने पढ़े लिखे हैं कि जीत जाएंगे और ये जो विरोध वाले हैं इस साले गधा हैं सब इन डिबेट भी करने नहीं आता है अरे कम से कम क्लास कर ले तब तोरा बता देंगे कि विवाद अगर नहीं सुलझ रहा है तो उसे विवाद न बनाकर मजाक बना दो अगर सरकार का कोई प्रवक्ता जैसे संबित पात्रा के कहते जीडीपी गड़बड़ क्या है तो ये नहीं बोलो कि गड़बड़ है सबने तो बोलने लगता है हाँ जी गड़बड़ नहीं है चाइना से आगे हम लोग की जीडीपी है अमेरिका से भी आगे है हम लोग ले अब वो कहेंगे कि अमेरिका से आगे हैं नहीं हम लोग ब्रिटेन से आगे निकल गए कोई नूर हीरा वापस आ गया आप बता दीजिए वापस आ गए तो जब कभी भी जब कोई थेथराई करता है ना तो आप उस विवाद में मत उलझिए उसको मजाक बना दीजिए तो गवर्नमेंट ने चाइना से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है लेकिन ये जरूर सीखा है कि देश में अगर कोई मुद्दा हो जैसे अभी मनीषा वाल्मीकि का जो बलात्कार हुआ ये बलात्कार गलत है सालों को इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ इस पर नहीं है गवर्नमेंट बड़ा होशियार है जानती है इसको विवादित कर देंगे और विवादित होगा हम शक्तिशाली हैं जीत जाएंगे अब उसमें ससुरा यह आतंकवादी घटना थी दंगा कराने के बाद था रेप कहां हुआ है हड्डी कहां टूटी है अरे क... भैया विपक्ष भी बेकलोल है विपक्ष को भी कहना चाहिए ऐसे होगी अजीब कर दो ताकि जाए। तो यह चाइना की पॉलिसी है कि, कि किसी भी चीज को पहले विवादित करो जब पूरी दुनिया विवादित हो जाएगी तो हम शक्तिशाली हैं जीत जाएंगे तो ये चाइना यही कहता इसका एक उपाय है ससुरा उसके विवाद को ना मजाक बना दो लो तो ये है आपका चीन की दीवार अभी नहीं दिख चीन की दीवार अभी भी टूरिस्ट के लिए हो गया चीन की दीवार आगे बढ़े चीन में कुछ नदियां हैं सब जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां एक नदी का नाम है हैंगो नदी इसे पीली नदी कहा जाता है चीन की नदी का नाम है हांघो नदी जिसे क्या कहते हैं पीली नदी के नाम से जाना जाता है हवांगो नदी को पीली नदी इसे चीन का शोक कहा जाता है इसे चीन का क्या कहा जाता है शोक सौरों सा, सा, ऑफ चीन क्योंकि इसमें बहुत बाढ़ आ जाता है और चीन में तबाही लाती है ये हॉगहो नदी होंगो नदी को क्या कहा जाता है पीली नदी येलो रिवर के नाम से जानते हैं हालांकि इससे भी भयानक नदी है एक नाम है जिसका यांग टी सिक यांग नदी यांगटी सिकियांग नदी एशिया की साथ ही साथ पूरे चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है यांगटी सिकियांग नदी कौन सी नदी यांगटी सिकियांग नदी चाइना की एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है मेकांग नदी कौन सी नदी मेकांग नदी मेकांग नदी थाईलैंड वगैरह तक जाती है सब यहाँ कम्बोडिया में जा गिर जाती हैं तो चाइना के तीन सबसे बड़ी नदियाँ जो इस साइड से निकलती है येलो रिवर यांगटी सिकयांग रिवर और मेकांग नदी कौन सी नदी मेकांग नदी तो ये नदियाँ एशिया में सबसे ज्यादा पानी का स्रोत चाइना के पास है क्योंकि ये जो तिब्बत का एरिया है ये तिब्बत का एरिया तिब्बत का एरिया बहुत ज्यादा हाइट पर है तिब्बत का एरिया क्या हाइट पर है यहाँ से नदियाँ निकलती हैं सीधे ये जो नदी जाएगी चाइना की देखिये चाइना की ये जो नदी जा रही है ये नदी का नाम क्या है येलो नदी हांग आप नक्शा में देखेंगे तो लिखा होगा हांगो नदी या येलो रिवर उसके नीचे अगर ये देखिएगा तो ये नदी कौन सी है भाई ये वाली नदी जो है आपका चाइना में ये नदी का नाम है आपका यांग टी सिकांग नदी नीचे वाली नदी का नाम क्या है मेकांग नदी नीचे वाली नदी का नाम मेकांग नदी ऐसे यहां तीन नदियां हैं उसी तरह इस डायरेक्शन में भी तीन नदियां हैं इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो तीन नदियां यहाँ एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील शंकर जी यहीं कैलाश पर्वत पर थे मजाल किसी का कह दे कि चाइना हम शंकर जी का कैलाश पर्वत लेकर आएंगे पूरी दुनिया को पता है कि शंकर जी किस पर्वत पे रहते थे कैलाश पर्वत पे मानसरोवर में जाते हैं आराम से मानसरोवर यात्रा कैलाश यात्रा एक बार भी बोलिए ना विवाद कर दीजिए कि हमारा तो नहीं? नहीं? नहीं? नहीं? नदियां निकलती है एक सिंधु एक सतलज और एक ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज जाके आप में, में मिल जाती है तो यह कौन सा है सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र एशिया में जितनी बड़ी नदियाँ हैं सब चाइना से निकलती हैं चाइना अगर चा... सारी नदियों पे चाइना ने बांध बना के रख दिया है अगर छः महीने तक बांध के पानी को रोक के अचानक फाटक खोल देगा ना तो पूरे देश में बाढ़ आ जाएगा पूरे एरिया में क्या आ सकता है बाढ़ आ सकता है ये एरिया हो गया आपका कौन सा सिंधु सतलज ये ऊपर वाला सिंधु सतलज और ये वाला ब्रह्मपुत्र ये कहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से कहां से मानसरोवर झील से निकलती है ये ऊपर वाली इस नदी को देखेंगे तो ये पीली नदी या हांगो नदी ये वाली हिया टी सिकियांग नदी और ये वाली नदी का नाम क्या है मेकांग नदी कौन सी नदी मेकांग नदी थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम ये सब वियतनाम में तो नहीं जाती लाहौस तक जाती है ये चाइना की नदियाँ हो गई सब सर में आ गया कि नहीं आ गया चाइना का सबसे बड़ा शहर चाइना ने क्या किया इतना डेवलप कैसे हो गया चाइना ने ओपन मार्केट पॉलिसी अपनाया पूरी दुनिया के लोगों से कहा कि देखो आप लैपटॉप बनाते हो कुछ भी बनाते हो बनाते तो एक ही देश में हो बेचते हो हर जगह अगर तुम जाओगे अमेरिका में तो अमेरिका में एक लेबर एक दिन एक लेबर का जो एक दिन का खर्च है वो दो हजार अमेरिका का लेबर रहेगा तो एक दिन में दो लेगा चाइना कहता हमारे यहाँ आओ हम एक लेबर तुमको दो में दे देंगे 200 रुपया एक दिन का देना लेबर दे देंगे तो कंपनियों ने देखा कि सलाम अमेरिका में प्लांट डालेंगे तो लेबर खर्चा एक दिन का 2000 है उतना 2000 में तो हम 10 गो चाइना में रख देंगे और चाइना ने ऑप्शन दिया है कि अगर कोई लेबर काम ठीक से नहीं करता है ना आप एक बार रिपोर्ट दीजिए मोकरा भगा के दूसर भेज देंगे तो चाइना का हर आदमी पंक्शुअल है टाइम से और हिंदुस्तान का कोई आदमी पंक्शुअल नहीं है सरकारी नौकरी वाले इतना ज्यादा कोढ़िया किया है साहब कि इस देश को तो दो चौपटे किया सब एगो नेता है एगो सरकारी नौकरी वाले और जब सरकारी नौकरी को प्राइवेट करेंगे मोदी जी ना तो सब प्राइवेट वाला चिल्लाएगा सब सरकारी वाला कि हमको प्राइवेट कर रहा है अरे तू करता क्या है तुमको एगो सैलरी ये उसपे से घुस चाहिए आधार तो तो कार्ड फोटो दे दीजिए घर आके खाता खोल देगा लेकिन वो नहीं खोलते हैं सर जब यही मोदी जी कहेंगे कि एसबीआई को प्राइवेट कर देते हैं तो एसबीआई वाला चिल्लाएंगे कहा प्राइवेट कर रहे अरे भैया तुम्हारी वजह से जनता यही वजह है कि जब कभी सरकारी चीजों मोदी जी प्राइवेट करते हैं तो कोई पब्लिक साथ नहीं देने जाती है वही लोग इसका विरोध करते हैं जो सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है आप लोग को भी कहते हैं जिस दिन जॉब लगेगा ना आप लोग खुद बचा सकते हैं ऐसा काम कीजिएगा कि लोग कहें कि नहीं सरकारी तो अच्छा है कह लिए इसको प्राइवेट कर रहे हैं लोग लेकिन जनता का मोदी जी इसको पकड़ लिए हैं कि जनता का समर्थन नहीं है सरकारी वालों को एक बार नौकरी मिल गया कौन पूछता है काम को चाइना में ऐसा नहीं है चाइना में अगर आप काम नहीं करेंगे अच्छा से तो भगा भा, देगा आपको आप खटते रहिए तो देखा गया कि वहाँ चाइना में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है अगर वहाँ किसी वर्कर को बुला दिए आठ बजे तो वो बजे आएगा यहाँ किसी यहाँ किसी मजदूर को आठ बजे बुलाएंगे तो नौ बजे आएगा आधा घंटा ले खैनी लगाएगा हाँ काम है ना हाँ हाँ लीजिए आप भी खाइए आप भी खाइए हाँ नौ बजे साला जब वो आएगा ना तो उसको अपना टाइमिंग नहीं दिखेगा कि हम आठ बजे के जगह दस बजे आ रहे हैं और जब उसको जाना होगा पाँच बजे ना तो चार बजे से कपड़ा वपड़ा हाथ दो धोना तैयार करें मैंने उसको जाने का टाइम हुआ दिखेगा आने का नहीं दिखेगा तो हर जगह यही चीज़ें चाइना ने कंट्रोल किया जो दुनिया में अन्य जगहों पर हो रही थी पूरी दुनिया के लोगों को कहा कि देखिए आपके यहाँ मजदूरों की ये समस्या है ये है आपको मजदूरों की शिकायत करना हमारे यहाँ कोई मजदूर शिकायत करेगा हम गोली मार देंगे उसको वहाँ दस दस मजदूर को गोली मारा बाकी कोनो मजदूर शिकायतें नहीं करता आएगा टाइम से काम करके टाइम से चल जाएगा यहाँ पर ये देखा विदेशी कंपनियों ने तो चाइना में चली गई चाइना ने कहा कि आप टेंशन नहीं लीजिए हम आपको सड़क देंगे आपको कहीं जाम हम नहीं फंसेगा हिंदुस्तान में अगर सुधा गुदूध वाल आ रहा है ट्रक लेके जाम में पहुंच जाएगा उसका तीन घंटा गांधी सेतु पुल पर उसका आधा दूध ट्रके में फट जाएगा वहां पर जा यहाँ पे चाइना का ये सब समस्या नहीं है हम आपको इकोसिस्टम देंगे हम यहाँ पर एक नंबर व्यवस्था देंगे यहाँ कोई लेबर यूनियन नहीं होगा हमारे यहाँ को लेबर को कोई सस्पेंड कर दिया हमारी मांगे पूरी करो हड़ताल मारो फैक्ट्री जला दो ये कर दो हमारा चाइना धज्जी उड़ा के रख दिया तो कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी के लिए हम लोग भी जिम्मेदार बन जाते हैं सरकारी कर्मचारी वाला उतना अच्छा से काम नहीं करते हैं तो चाइना बहुत डेवलप कर गया इतना इको कर दिया कि दुनिया की कंपनी यहां आने लगी अब सिंपल से समझिए ना एप्पल कंपनी जो है सेम मोबाइल अगर कैलिफोर्निया में बनाती है और वही मोबाइल कोई चेंजिंग नहीं करके चाइना में बनवाती है तो चाइना में लेबर कॉस्ट सस्ता होने की वजह से कैलिफोर्निया में बने मोबाइल में और इस मोबाइल में लगभग 20,000 हज़ार का अंतर आ जाता है तो कौन कंपनी कौन खरीदेगा वही मोबाइल अगर कैलिफोर्निया का बना है तो एक लाख में वही मोबाइल अगर चाइना का बना है तो 80,000 में दोनों तो एप्पल है दोनों में सारी चीज़ें सेम होती है बस उसके अंदर क्या है लेबर कॉस्ट ज़्यादा थोड़ा सस्ता है और लेबर फुल टाइम वर्क करके देते हैं और वो स्किल्ड लेबर देता है ऐसा नहीं कि लेबर स्टिल नहीं है हमारे पास लेबर मल्टी टैलेंटेड है स्किल्ड कोई नहीं है हमारे यहाँ लेबर को कहेंगे पेंट मार दो कह पेंट मार देंगे कह गो ऊँटा ढो भी ढो देगा कहगा गाड़ी चला लेते साइकिल है। एक बच्चा यानी चाइना में एक के बच्चा हो सकते हैं तो एक के। और हमारे यहाँ तो होने दो ससुराल कोई दिक्कत नहीं है पैदा करते रहो महिलाओं ससुराल लोल है के अच्छा लगता है आठ आठ गो पैदा करना वहां पे उसके बाद कहीं से बीमारी हो गई है हमारा यूटरस खराब हो गए बच्चे दानी के ऑपरेशन करी लो ले लोल कहीं का तू फैक्ट्री बनी ले तो क्या पूछेगा कोई यहाँ पर लोल तो वो होती हैं सर ना महिलाएं सब सीधे कह देंगी इस नहीं बच्चा होगा और कौन जानता है पति गया ऑफिस में एगो दवाई खा लो बच्चा खत्म कहा नहीं यहाँ पे ना हमारा बाबू अपने मजा आता है इतना लेके ढोलने में तो क्या कहेंगे वहाँ पर समझिए यहाँ ध्यान से तो चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होने की वजह से फॉलो हो गया और हमारे यहाँ ऐसा नहीं दूसरा चाइना में चुनाव उनाव का झमेला नहीं है वहाँ एक ही पार्टी है और दस साल के लिए चुनाव होता है हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या कि एक बार चुनाव होगा प्रधानमंत्री का और हर साल चुनाव होते रहेगा मुख्यमंत्री के लिए जैसे देखिए अभी बिहार में हो रहा है अगली बार कहीं और होगा अगले साल कहीं और होगा तो हमारे यहाँ के नेता चार साल में साढ़े पाँच साल तो चुनाव में बिजी रहते हैं सब तो इसलिए डेवलपमेंट का एक और रास्ता कम होता है वरना अगर ऐसे देखिएगा तो चाइना के पास इतने ज़्यादा चैलेंजेस थे कि इतना पहाड़ है चाइना में केवल तीस जमीन ही उसके पास रहने के लिए लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम चाय पत्ती चावल सब्जी कपा मतलब जितना चीज है सब में धीरे धीरे कौन आगे जा रहा है चाइना जा रहा है और हम लोग मुंह टुकड़ टुकुर नेतृत्व का भी कमी होती है कुछ अपने स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा कमी है आई होप इसको समझे क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग मैप का पीडीएफ देखेंगे भा जल्दी जल्दी ठीक कराएंगे सरकार को सबसे पहले प्राइवेट होना चाहिए एक बात बताए आपको सबसे बड़ा लापरवाही पब्लिक की होती है अगर कोई आदमी को सरकारी नौकरी मिल गया ना तो जाते कहेगा आप साला कौन हमको निकाल सकता है अब प्राइवेट में जाते बैठिए बैठिए बैठिए तुरंत यहाँ पे तो दुनिया में चाहे वो नौकरी हो चाहे कर्मचारी हो या टीचर हो या दोस्त परिवार पति पत्नी कुछ भी हो रिश्ता चलता है केवल तीन चीजों की वजह से एक होता है आपकी इंसानियत सबसे पहला होता है आप में ह्यूमिनिटी होनी चाहिए इंसानियत होना चाहिए एक इंसानियत होती है दूसरा क्या होती है इंसानियत के बाद डर होना चाहिए आपके अंदर हमेशा डर बना होना चाहिए तीसरा होना चाहिए जरूरत तीसरा होना चाहिए जरूरत जिसको हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी हुआ इंसानियत खत्म इंसानियत खत्म सरकारी नौकरी वाला केवल एक आदमी से डरता है वो नेताओं से वो आते गरिया गरे सलाहरामी अबे तोरा सस्पेंड करा देंगे तुरंत डर जाएगा वहाँ पे उनके सरकारी नौकरी हुआ ज्वाइनिंग से पहले साले का इंसानियत खत्म हो जाएगा कह गए हम सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी इसीलिए कहते हैं लेकिन उसमें डर नहीं है कि कोई हमको निकालेगा अटेंशन नहीं है कि सैलरी महंगाई में सैलरी बंद हो जाएगा अच्छा करो तब वो उतने सैलरी कम करो उतने सैलरी नहीं करो उतने सैलरी और साइड से आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर प्राइवेट नौकरी वाले क्या करते हैं सब कुछ नहीं करते हैं सब प्राइवेट नौकरी वो डर बना के रखते हैं सब और ज़रूरत बना के रखते हैं सब प्राइवेट नौकरी वालों को अगर बीस हज़ार रुपया सैलरी देना है ना तो कभी भी बीस हज़ार नहीं देंगे सर सैलरी देंगे सर दस और कहेंगे सर अच्छा काम करेंगे ना तो ये दस दिया जाएगा इसे कहेंगे सर इंसेंटिव है तो आदमियाँ ना कमवा कहता है कहते सला खराब करेंगे तो दस मिलेगा बढ़िया करेंगे तो और सरकारी नौकरी वाले क्यों और हचाक दे ले जाइए ये समझ में आया कि नहीं चाइना यही कहता है चाइना के यहाँ सैलरी ये नहीं है चाइना के पास इंसेंटिव है अच्छा काम करेंगे मिलेगा नहीं तो ऐसा भी हो सकता है एक महीना काम किए एक को रुपया नहीं मिला तो चाइना ने लोगों के एक एक कमजोर नस को पकड़ा जिस वजह से आज चाइना आगे चला गया और हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है समझ आ रहा कि नहीं चाइना कैसे आगे चला आज के लिए तय रहने देते हैं चाइना के बारे में कल बताएंगे आप समझ में आ गया किसी कोई दिक्कत आपको न्यूज चैनल में एक बार आना चाहिए झगड़ा हो जाएगा हमारा न्यूज चैनल वालों से सब बिकल है सब वहाँ पे हम न्यूज चैनल में जाके छोड़ दिए आज तक मैं हम थे बहुत सारे न्यूज आपने देखा भी होगा सीधे कहता है सर एक बात बोलिए ना सरकार ऐसे कर रही है आप ऐसे बोलिए ना लोग आपकी बात मानेंगे मैं बाढ़ में जो सा ले नहीं तो ऐसे बात मारेंगे यहाँ पे हमारा सब हम लोग से नहीं हो पाएगा न्यूडिया उडिया क्या है भाई पीडीएफ की समस्या है पीडीएफ को हम देखते हैं भाई जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे बीच वाली नदी नहीं मिल रही है खोजेंगे लोग तो मिल जाएगा एक बार अस्थि से बैठ के चाइना खोजेगा ये सिक्स क्लास के कौन स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं करेंगे सर आई I मीन mean, सिक्स क्लास में भाई आप सिक्स क्लास में अभी अभी क्या पढ़ रहे हैं सिक्स क्लास के लिए वो पढ़ता है दरोगा वगैरह बैच वाला सब ठीक कर देते हैं चलिए भाव आज के लिए इतना ही रहने देते हैं पीडीएफ की समस्या जो है उसको कोशिश करेंगे हम जो आज नहीं तो सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है उसमें रिकवर करा दिया जाए कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं अप्लीकेशन में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कल मिलेंगे